मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए पीने की कैपेसिटी जीने की स्ट्रेंथ अकाउंट का बैलेंस तो और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए सुबह की पहली लोकल से लेकर रात की आखिरी बोतल तक हर आदमी के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए का, का, का, का,